एक बात कहूँ चार दिन आप गायब होकर रहो देख लीजिए लोग आपका नाम तक भूल जाएंगे इंसान सारी जिंदगी धोखे में रहता है कि वह लोगों के लिए अहम है लेकिन हकीकत यह होती है कि आपके होने ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता जिसकी जितनी ज़रूरत होती है उसकी उतनी ही अहमियत होती है किसी ने ठीक ही कहा है ना रुकी वक्त की गर्दिश ना रुकी वक्त की गर्दिश और ना जमाना बदला पेड़ सूखा तो परिंदों ने ठिकाना बदला